आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टैन पर हम हलसंदी के बारे में पढ़ रहे थे हनसंदी के बारे में यानी कि व्यंजन संधि के बारे में हन संधि या व्यंजन संधि के बारे में हमने स्टुत्व संधि और शतुत्व संधि इन दोनों संधियों को पढ़ लिया था संधियों को पढ़ने के लिए मेरा, मेरा पिछला वीडियो देखें जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने संधि नाम से चैनल बना हुआ है संधि प्लेलिस्ट बनी हुई है संधि नाम से उसमें देखें स्तत्व संधि और सटत्व संधि के बारे में वहां पर विस्तार से पढ़ा रखा है वहाँ देखें सतत्व संधि और संधि के बारे में और भी स्वर संधि के बारे में प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखें स्वर संधि हल संधि बड़े विस्तार से पढ़ाई जा रही है इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे तो संधि संधि और को पढ़ा चुके थे हम अब आज पढ़ेंगे जसत्व संधि जसत्व जसत्व संधि जसत्व संधि में जसत्व संधि का सूत्र है जलाम जलाम जसो अन्ते जलाम जसो अन्ते अर्थात जलाम जस अन्ते जलाम जस अन्ते पदानते जलाम जस्यु पदानते जलाम जस इसका मतलब है कि पद के अंत में जलवर्णों के स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाते हैं अब जलवर्णों को देखें कि जलवर्ण कौन कौन से होते हैं सबसे पहले जलवर्णों को झलवर्णों की पहचान करेंगे तो जलवर्णों में जभय प्रत्याहार लिख रहा हूँ जभय स धा, जब दस। थ, थ, ता व कपय स श, श, श, र और हल यानी कि इसको छोड़कर अंत वाले वर्णों को छोड़कर जस अंत वाले वर्णों को छोड़कर सभी वर्ण इसमें झ स, स, स र। यहाँ तक के वर्ण यानी झब से लेकर के जैसे लेकर के और है तक के लय तक के वर्णों को झलवर्ण कहते हैं तो यदि ये पद के अंत में आते हैं तो जसवर्ण आदेश हो जाते हैं यानी कि ये वर्ण आदेश हो जाते हैं जसवर्ण है ये जसवर्ण यानी जैसे लेकर के सहतक के प्रत्यार में आने वाले वर्ण जस वर्ण हैं तो आगे देखिए अर्थात के स्थान पर जसवर्ण आदेश होते हैं तो कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूं। जैसे कि नंबर और क्या है इसमें खण छ ये। ये नहीं आएगा और इसके बाद और ये सभी आधे वर्ण आएंगे इसके बाद में ते दे, दे, और से और जसवर्ण कौन कौन से है जसवर्ण है जे ग, ग, सभी जसवर्ण हैं। और प, ब, भ। ये, ये, ये से जमश लेता हूं स्थान पर तो ये हो जाएगा इन वर्णों के स्थान पर ये जय हो जाएगा तो इनके स्थान पर डे हो जाएगा फिर तो स्थान पर हो जाएगा तो स्थान पर आदेश हो जाएगा तो यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब प्लस के पहले के च में से कोई भी वर्ण आए और तो उसके बाद में कोई क्या आए स्वर वर्ण या आए व र ल ह में से कोई हो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए उस स्थिति में कै को बदल देंगे इसी के इसी के तीसरे वर्ण में और इसका तीसरा वर्ण है को बदल देंगे ते को बदल देंगे ते, थे दे तो. ते देंगे में में में को देंगे ते थे ते को बदल बदल देंगे ते थे ते को देंगे कहने का मतलब प्लस के पहले आने वाले वर्णों के जो प्लस के पहले वर्ण आएंगे उनको कहेंगे झल वर्ण और उन झल वर्णों के स्थान पर उन्हीं का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है उन्हीं का तीसरा वर्ण यानी इनका ही तीसरा वर्ण होगा गै जय का तीसरा वर्ण जय पै का तीसरा वर्ण तीसरा वर्ण डीसरा वर्ण बदेश हो जाएगा जैसे कि उदाहरण से समझें और बाद में क्या आना चाहिए बाद में स्वर आना चाहिए या ये वे में से कोई भी एक आना चाहिए या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आना चाहिए तीसरा वर्ण कौन सा है तीसरा झ ध है और चौथा वर्ण झ भ और ध ये तो तीसरे वर्ण है और ये चौथे वर्ण है ये तीसरे वर्णों को जस वर्ण भी कहते हैं जलाम जसो अंत्य यानी पदांत जलाम जसू पद के अंत में जल वर्णों के स्थान पर पद के अंत का मतलब कि प्लस के पहले आने वाला पद और उसके अंत में इनमें से कोई एक होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए या तो स्वर होना चाहिए या ये वे रेल है होना चाहिए तीसरा है और चौथा वर्ण में से कोई भी एक होना चाहिए तो ऐसी स्थिति में पूर्व वर्ण यानी कि प्लस के पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं ये तीसरे वर्ण में बदले है अपने ही वर्ग के अपने वर्ग के मतलब का का का का तीसरा तीसरा तीसरा तीसरा हो हो हो हो जाएगा जाएगा जाएगा जाएगा और का तीसरा कौन वर्ग है, है।, है. है, है टे वर्ग है तय वर्ग है तय वर्ग है कै वर्ग का तीसरा गे होता है तीसरा जय होता है वर्ग का तीसरा डे होता है टे वर्ग का तीसरा थे दे होता है का तीसरा है और बे होता है जैसे कि उदाहरण से समझें वाक प्लस ईस वाक प्लस इस मैंने कहा था कि प्लस के पहले आने वाला पूर्व वर्ण जो कि झलके हलाता है और पूर्व वर्ण पूर्व वर्ण कौन सा है प्लस के पहले आने वाला पूर्व वर्ण पदांत पद कौन सा हो गया वाघ पदांतिक पद, पद कौन सा हो गया बाघ जलाम और पद के अंत का कौन सा है के, के क्या है जलाम है और इसका क्या हो जाएगा जस हो जाएगा जस क्या होगा के का स्थान पर गे आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा बागीस अब बाघिस में गे आधा ही अक्सर आदेश होगा और आधे के बाद में स्वर लगा हुआ है इसलिए यह स्वर इस गे में मिल जाएगा और गेह पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी क्योंकि इधर बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा लग, लग करके बागी शब्द मिलेगा ऐसे ही और उदाहरण देखें आखिर अच प्लस आदि अच प्लस आदि अच प्लस आदि च है च के स्थान पर च का तीसरा वर्ण होगा कौन सा चय छ तो क्या बना अज आजादी ऐसे ही अब प्लस प्लस पे आया। पे का तीसरा कौन सा होगा पे पे पे बे। तो क्या बना माने क्या है अब बादल इसी प्रकार से अब प्लस जम अक प्लस जम मैंने कहा कि तो पद के अंत में जल होना चाहिए यह जल है और उसके बाद तीसरा चौथा वन होना चाहिए या स्वर होना चाहिए या, या होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तीसरा वर्ण दे रखा है इसलिए यह पे अपने ही वर्ग का तीसरा वन बन जाएगा और तीसरा पेय का होता है बे और क्या बना अब्ज अब माने पानी ऐसे ही वाक प्लस दानम वाघ प्लस दानम तो क्या बन जाएगा बाघ दानम वाघ दानम वाग दानम माने क्या है बाघ दानम माने है सगाई बाघ दानम यानी सगाई बागिस माने क्या है बागीस माने है सरस बागी सह माने बृहस्पति और बागीसा माने जो मैं लिख देता हूं बागी सह वागी सह माने मने बृहस्पति और वा वागी सा वागी बागी सरस्वती वागी सह माने बृहस्पति और वागी सा सरस्वती ये है संधि आगे देखें अगला सूत्र है जस जस जसी जलाम, जलाम जस जसी ये कह रहा है कि पदांत जल और उसके बाद जस वर्ण आए पदांत क्या आए पदांत आए पदांत आए? आए जल और उसके बाद क्या आये जस आए इस तरह से समझ लें कि चतुर्थ वर्ण के बाद में यदि चतुर्थ वर्ण आता है चतुर्थ वर्ण के बाद में चतुर्थ वर्ण के बाद में यदि चतुर्थ वर्ण ही आता है चतुर्थ वर्ण ही आता है तो भी ये चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का अपने ही अपने ही वर्ग का वर्ग का तीसरा हो जाता है तीसरे वर्ण में बदल जाता है अब तक मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला लेकिन मैं कह रहा हूं कि चतुर्थ वर्ण के बाद में जल में चौथे वर्ण भी आते हैं और जस में भी चौथे वर्ण आते हैं तो चौथे वर्ण के बाद में यदि चौथा वर्ण आ जाए तो भी ऐसी स्थिति में चौथे वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा जिस प्रकार से लभ प्लस धी अब यहाँ पर लभ चौथा वर्ण है किसका वर्ण है वर्ग का चौथा वर्ण है भय और ये है तय थे धै ये तय वर्ग का चौथा वर्ण है तो ऐसी स्थिति में ये भय भी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा और तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है तो क्या बना लब्ध लब लब इसी प्रकार से बुध प्लस धुध प्लस ध बराबर बुध बुध ग्रह क्योंकि ये भी चौथावन और ये भी चौथावन चौथे वर्ण लगातार आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पहला चौथा चौथावन अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है इसी प्रकार से और बना सकते हैं कि बुध प्लस धी बुध प्लस धी बराबर क्या बना बराबर बना बुद्धि बुध प्लस धी बुद्धि इसी तरह से ये झसत्तु संधि है जसत्संधि झलाम जसो अंत पद के अंत में झलवर्ण आए तो ऐसी स्थिति में पदांत जलाम पद के अंत में झलवर्ण आते हैं तो उन झलवर्णों को जसमें बदल देते हैं लेकिन बदलते कम हैं जब बाद में कोई स्वर आ जाए या यावर लह आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है तब तो झलवर्णों को जसमे बदलते हैं ये कह रहा है जलाम जस झसी यानी पद के अंत में यदि झलवर्ण आते हैं और उसके बाद में जसवर्ण आते हैं तो झलवर्णों को जसवर्णों में बदल देते हैं का मतलब का मतलब है प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण और जलाम का मतलब है अभी मैंने बताया था जलाम में सभी आते हैं जब और उसके बाद में गढ़ धस फिर जब गढ़ धस समय शटकोण वाला से आएगा फिर तो जब गढ़ छठथ चट और हल यहाँ तक के वर्ण इस जल में आते हैं और जस में आते हैं जब गढ़ और जसी में आते हैं धस ज ब यहाँ तक इसमें आते हैं वर्ण जसी में तो ऐसी स्थिति होने पर यानी कि चतुर्थ वर्ण के बाद में चतुर्थ वर्ण आता है तो पहला चतुर्थ वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है यह भी जसत्व संधि ही होती है यहां पर भी जसत्व संधि होती है आगे देखें आगे है अनुस्वार ध्यान से समझना है अब अनुस्वार या परसवर्ण संधि परसवर्ण संधि बड़ी कंफ्यूज वाली संधि है और ध्यान से समझेंगे अनुस्वार संधि का पहला सूत्र है मो अनुस्वार मो अनुस्वार है। यानी ये कह रहा है मानत से पदांत अनुस्वार यानी कि पद के अंत में मैं आ रहा है मैं आ रहा है और उसके बाद में कोई भी हल वर्ण आ रहा है तो मैं को बदल देंगे किस में अनुस्वार आदेश कर देंगे कैसे करेंगे किस स्थिति में करेंगे ये कोई भी आगे देखना है मैंने कहा कि मैं के बाद में क्या आ रहा है कोई भी हल वर्ण आ रहा है कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं जैसे कि मो अनुस्वार मो अनुस्वार में पूर्व रूप संधि हो रखी है पूर्वरूप संधि हो रखी है यानी मैं प्लस अनुस्वार मैं प्लस मै प्लस अनुस्वार मैं प्लस अनुस्वार अनुश्वार, अनुस्वार यहाँ पर तो हो जाएगा ओ आदेश मो ए की जगह अवग्रह बन जाएगा और मो अनुस्वार शब्द बनेगा पूर्व रूप संधि होगी पूर्व रूप संधि में, में परिवर्तित कर देते हैं तो मैंने कहा कि मैं भी हलवन आना चाहिए ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मैं को किसमें बदल देते हैं अनुस्वार में बदल देते हैं जैसे की एह ग्रहण गच्छामी अहम ग्रहम गी यहां पर देखो मैंने कहा ये लिखा हुआ है अहम प्लस ग्रह प्लस गच्छामी अब देखो मैंने कहा कि मैं के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आना चाहिए तो व्यंजन वर्ण कौन सा आ रहा है गय ऐसी स्थिति में अहम और ग्रहम की संधि हो जाएगी अहम और आगे देखो फिर इस मै के बाद में फिर गय गे व्यंजन वर्ण आ रहा है तो ये भी बन जाएगा ग्रह और रक्षामी अहम ग्रहम रक्षामी सीधी सी बात रख याद रखें यदि मैं के बाद कोई भी हलवर्ण आ रहा हो तो मैं को किस में बदलना है और अनुस्वार में बदलना है और उदाहरण देखो जैसे कि स्वयं प्लस वर्ग स्वयं स्वयं प्लस वर बन जाएगा स्वयं ऐसे ही सत्यम सत्यम प्लस बन जाएगा सत्यम वध इसी तरीका से धर्मम प्लस चर धर्मम प्लस चर बना धर्मम धर्मम चल कुछ नहीं किया मैं के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो मैं अनुस्वार में बदलना है और अनुस्वार में से पहले आने वाले वर्ण पर लगेगा ये याद रखें अनुस्वार में से पहले आने वाले वर्ण के स्थान पर लगेगा आगे देखो नस्त झली अगला सूत्र है पदान्तस्य पदान्तस्य यानी कि ये कह रहा है ए ए पदान्तस्य पदान्तस्य ये कह रहा है कि अर्थात पदांत ने के साथ अर्थात पद में ने के साथ में, और ने के साथ में। ये पद के अंत में आए में और ने और इनके साथ में किसी भी झलवर्ण का मेल हो किसी भी झलवर्ण का मेल हो कोई भी आ जाए यानी पद के अंत में क्या आना चाहिए मैं जो कि अनुस्वार पढ़ रहे हैं तो पद के अंत में मैं तो हो गई, या फिर क्या आना आना चाहिए चाहिए, और और इन में, और ने में से कोई भी एक आ जाए और उसके साथ में कोई भी कोई भी झलवर्ण का मेल हो जाए तो मैं स्थान पर अनुस्वार हो जाता है तो, तो स्थान पर स्थान पर अनुस्वार अनुस्वार अनुस्वार हो हो जाता है हो जाता है और ने के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा जैसे अक्रम पदांत मैने के साथ पदांत मैने के साथ किसी भी जल वर्ण का मेल हो तो कोई भी जलवन आ जाए और उसका मेल हो जाए जल के अलावा और कोई आ जाए तो अनुस्वार नहीं होगा के के साथ स्थान पर हो जाएगा जैसे कि प्लस प्लस मैंने कहा कि मैं और ने के साथ में कोई भी जलवन आ जाए जल कौन सा आ रहा है जल यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हो रही है स में आ रहा है झल कैसे आ रहा है क या सो तो तीनों से आ रहे हैं झल में झल में तीनों से आते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं को अनुस्वार में बदल देंगे और बन जाएगा आक्रम श्य ऐसे ही यसान प्लस सी यसान प्लस सी तो शब्द बना किसी प्रकार से दम प्लस डम प्लस ड तो मेको अनुसवार बदलेंगे दंड किसी प्रकार से अम अं प्लस कह अम अं प्लस कह बराबर अंक ये भी अनुस्वार में बदल जाएगा ये कौन कह रहा है ए ए जलि ने जलि यानी कि पदांत पद के अंत में।, में और ने पद के अंत में मेने के साथ किसी भी झलगन का मेल हो जाता है ने तो है इसके सामने मैं और एक से नलवर्ण आदेश हो जाता है यानी कि मैं और के बाद कोई भी जलवन आता है तो मैं ने के स्थान पर जलवन आदेश जलवन जलवन यानी कि मैं और नये के बाद जलवन आता है तो मैं और न के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है अगला देखें। अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण तीसरा नियम यही पर सवर्ण अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण यानी कि पदार्थ में ने के साथ जलवर्ण का पे हो पदांत में या ने के साथ में जलवर्ण आ जाए में और ने के साथ में क्या आ जाए जलवर्ण आ जाए तो क्या करना है अर्थात ए पदार्थ अनुस्वार के परे, ए पदांत अनुस्वार के परे ए प्रधान अनुस्वार के परे कोई यय वर्ण कोई यय वर्ण कौन यय वर्ण किस पर से व्यंजन इस पर से व्यंजन इस पर से व्यंजन अंतस्थ जैसे कि जैसे कि सम प्लस कर तो मैंने बताया था कि इस पंचम वर्ण अनुस्वार के बाद में यदि यदि कोई भी हलवन आता है तो अनुस्वार को अनुस्वार तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं तो यह बना संह दूसरा यदि मैं के बाद में कोई भी हलबण आ रहा है हलबण मतलब कोई भी यह आ रहा है यह मै यानी कि अंतस्थ आ रहा है अंतस्थ आ रहा है या फिर अंतस्थ कौन कौन से है यह ये वे ये वे या कौन से हैं स्पर्श स्पर्श कौन से है कैसे लेकर मै तक तो ऐसी स्थिति में इस कै का पांचवाण होगा किसके स्थान पर मैं के स्थान पर तो क्या बना शंकर यदि इस तरह से बनाया है तो लिखेंगे पल संधि दूसरा उदाहरण देखें इसी प्रकार से अलम प्लस कार अलम प्लस कार तो क्या होना इसका पांच उम्र इसके स्थान पर कर देंगे या इसको अनुस्वार में बदल देंगे एक तो बना अलम कार और दूसरा बना अलम कार दूसरा बना अलंकार तो ये है परसवान संधि और ये है अनुस्वार संधि और भी बाहर समझें, जैसे कम प्लस पनम कम प्लस पनम बराबर कंपनम और दूसरा बनेगा कम्पनम कंपनम कम क्यों आ गया क्योंकि इसका पांचवाण में ही होता है और ये हट जाएगा और इसके स्थान पर ये न लग जाएगा एक ही बात है तब ये बना कंपनम आगे देखें अल्लाह है व वा व्य अगला सूत्र है सूत्र नंबर चौथा वा वस्य इसमें समझ लीजिए यदि बाद में कोई भी धातु आ जाती है बाद में कोई भी धातु आ जाती है और धातु से पहले क्या आ जाता है मैं तो भी यहाँ पर हम परसवर्ण परसवर्ण संधि करेंगे पर करेंगे और अनुस्वार भी करेंगे दोनों होंगी यदि अनुस्वार अनुस्वार है तो संधि लिखेंगे और इसका पा यदि पांचवा और यहां आने वाले का पांचों और इसके स्थान पर किया है तब तो करेंगे क्या तो क्या करेंगे क्या करेंगे परसवर्ण संधि क्या करेंगे One, जैसे प्लस इसका अनुस्वार करते हैं तो बनेगा गच्छामी। और यदि इसका पंचम वर्ण करते हैं इसका इसका पंचम वर्ण यह होगा तो ये बनेगा एहन गच्छामी। एहन अच्छा में ऐसे ही त्व प्लस करोशी बना त्व करो एक दो तो बना त्व त्व करोशी और दूसरा बन जाएगा त्व करोशी इस तरह से किया तो परसवण लिखेंगे और इस तरह से किया तो अनुस्वार संधि लिखेंगे अगला देखें नोट अगला नोट है यदि पदांत में में के बाद व और ले आ जाए, तो ये को बदलते हैं वे को वे बदलते हैं, हैं ले को ले में बदलते हैं लेकिन इन सभी को आदेश कहां पर ना है इस में के मे के स्थान पर आदेश करना है जैसे कि में प्लस ये। तो क्या बनेगा इसका यह होगा और यह कहा करना है मे के स्थान पर करना है तो क्या बन जाएगा ये। ये। इस तरह से जैसे कि उदाहरण से समझे जैसे कि सम प्लस यंता सम प्लस यंता बराबर बना एक तो बन जाएगा संयंता किस तरह से बनाए तो लिखेंगे अनुस्वार संधि और यदि इस तरह से लिखा है तो लिखेंगे पर स्वर संधि ऐसे ही सम प्लस वत्स तरह तो लिखेंगे सम वत्स तरह अनुस्वार संधि लिखेंगे और ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तरह तो लिखेंगे संधि ऐसे ही अगला उदाहरण है कुंभ प्लस लिंग लिंग ऐसे बनाएंगे तो अनुस्वार संधि लिखेंगे और यदि यदिंग इस तरह से बनाएंगे तो लिखेंगे फल सवन संधि